जापान में एक लड़का अपने स्कूटर से इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है तभी अचानक उसका स्कूटर खराब हो जाता है काफी कोशिश के बाद भी स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था और सिर्फ पंद्रह मिनट में उसे जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंचना था अगर वो नहीं पहुंचता तो इसकी एक साल की मेहनत खराब हो जाती और चोरों के डर ऐसी वह अपना स्कूटर वहाँ आरोप छोड़कर भी नहीं जा सकता था उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था की कैसे वह जल्दी ऐसी अपने इंटरव्यू में पहुँचे फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह अपने मोबाइल में टिक टिक की साउंड करते हुए चालू करता है और उस मोबाइल को स्कूटर की डिक्की में डाल देता है जिससे चोरी करने वालों को लगे की स्कूटर में बॉम्ब है और वो उसे हाथ बिना लगा ऐसा करने के बाद में वो लड़का उस स्कूटर को वहीं पर छोड़ देता है और खुद टैक्सी से चला जाता है फिर एक घंटे बाद वह इंटरव्यू देकर वापस आता है तो उसे उसका स्कूटर वहीं पर खड़ा हुआ मिलता है दोस्तों आपने क्या सीखा इस कहानी ऐसी हमें कमेंट करके जरूर बताना